महाभारत में गंगापुत्र भीष्म ने सत्यवती को वचन दिया कि वो कभी भी हस्तिनापुर के महाराज नहीं बनेंगे बल्कि दास बनकर हस्तिनापुर की सेवा करेंगे और पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करेंगे ताकि सत्यवती के पुत्रों को राज्य अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त हो आगे चलकर सत्यवती राजमाता तो बन गयी लेकिन उनके दोनों पुत्र राज्य भोग नहीं कर पाए उनका एक पुत्र धित्राष्ट्र जो नेत्रहीन था जिसकी वजह ऐसी वो महाराज नहीं बन सकते थे और दूसरा पुत्र पांडव जिसे ऋषि हत्या हो गई थी जिसके पश्चाताप में उसने वनवास ले लिया था और अंत में इतने प्रयास के बाद भी सत्यवती के दोनों पुत्रों को राजा बनने का सुख प्राप्त नहीं हो पाया यानी भीष्म पितामह के जितने भी प्रण थे वो व्यर्थ गए महाभारत की इस पूरी घटना का सार बस इतना है की भविष्य की चिंता में अपना आज बर्बाद मत कीजिए ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी क्योंकि भविष्य की सिर्फ कल्पना की जा सकती है भविष्य किसी ने देखा नहीं है